भोपाल में भाई वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 27 अगस्त को एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें उन्होंने महिला गुजारा भत्ता ना बने पुरुष शोषण का हथियार जैसे संबंधित विषयों के बारे में बात की और महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई उनका कहना है कि जो कानून महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उनका उपयोग कर पुरुष का शोषण किया जा रहा है भाई वेलफेयर सोसाइटी ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने मुद्दों को रखते हुए कहा कि कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पुरुषों को विवाह करने का दोषी करार दिया जा रहा है उसे विवाह बंधन के नाम पर जबरन बंधुआ गुलामी कराई जा रही है जबकि स्त्री को पुरुषों के बराबर शिक्षा नौकरी और संपत्ति अधिकार है जिससे उन्होंने तरक्की भी की है लेकिन आज उन्हें विवाह के दायित्व से मुक्ति दिलाकर यौन स्वच्छता का अनैतिक कानूनी अधिकार देकर समाज को दूषित किया जा रहा है वह भी दहेज प्रताड़ना के निन्यानवे प्रतिशत झूठे आरोप लगाकर पति से गुजारा भत्ता के नाम पर जबरन वसूली यानी लीगल एक्सट्रॉशन जेल भेजने की हद तक की जा रही है शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बाद भी उनको आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है बल्कि उन्हें न्यायालय द्वारा आजीवन परजीवी बनाया जा रहा है उन्होंने कहा असंवैधानिक न्याय के नाम पर हो रहे